सिंगरौली के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के खनिज मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह अपने दो दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए इसके साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में कई विभागों की समीक्षा बैठक भी ली बिजली पानी प्रदूषण और जिले में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने सभी विभाग प्रमुखों को एक मास्टर प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश दिए साथ ही नल जल योजना के धीरे चल रहे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं सिंह ने जिला प्रशासन को एक मास्टर प्लान तैयार कर विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर संतुष्टि जाहिर की अभी मार्च ट्वेंटी फोर तक इन लोगों ने जल जीवन मिशन को कार्य को पूरा करने की बात कही है उसमें से कुछ काम हमारे प्रगति पे हैं, कुछ अभी आ, उसका सोर्सेज वगैरह को के कारण प्रॉब्लम गई है तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ है लेकिन आ, उसकी आज हमने समीक्षा भी की है और उसको तीन दिन बाद फिर से उसकी समीक्षा हमारे कलेक्टर साहब भी और तो हमारे जनपद दीदी हमारे विधायक वगैरह भी और उसमें डिटेल में उसमें जाएंगे उसके डिजाइनिंग को लेके और उसके वर्क को लेकर पानी को लेके क्योंकि वो एक हाई प्रायरिटी का काम है जिसको सेंटर भी मॉनिटरिंग कर रहा है और इसलिए वो हमारा सबसे पहले इश्यू है उसमें डीएमएफ का भी हमारा पैसा कुछ लगा कुछ हम लोगों ऊपर से भी ला रहे हैं लेकिन इसमें कोई भी कमी नहीं आने देंगे हर गांव को और एक समय सीमा में हम लोग समय को करें। उसको करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज हाँ देख रहे हैं दखल न्यूज